आपके लिए आवाज उठा रहा मैं जंग करता क्रांति क्रांति अब होगी महाकाल महाकाल आग आग है सीने में, आग है सीने सीने में में सारी आग को दो साल से तड़प रहा था दो साल से तड़प रहा था मैं बोल नहीं पा रहा था बच्चे बच्चे मुझे कमेंट करते थे कि जरा आप नहीं बोलते हमारे सपोर्ट में अरे भैया खुल के आ गया ये चैनल लाखों लाखों की की नौकरी छोड़ दी छोटे छोटे बच्चे है मेरे सब कुछ नहीं है मेरे पास पर अपने चैनल के माध्यम से जंग लड़ूंगा तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों मुझे सपोर्ट करो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे लिए पाले जी छोटा छोटा बच्चा है मैं सब कुछ छोड़ मेरे पास कोई रोजगार नहीं है इस चैनल के माध्यम से जंग लड़ना चाहता हूं तुम्हारे लिए यह चैनल मेरे लिए सब कुछ है यही रोजी रोटी है यहाँ से कोई पेट घोष नहीं दे रहा हुआ है प्लीज सपोर्ट करिए एक बार बेटा <laughs> <laughs> आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो दर्द होता है बार बार घंटे पढ़ाता हूं निस्वार्थ भावना से कोई टीचर तुम्हें तो बारह घंटे नहीं पढ़ा रहा सात दिन पढ़ा रहा हूं बारह बारह घंटे पढ़ा रहा हूं पर मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे अंदर से दिल रोता है मेरा <laughs> बार बार घंटे की मेहनत करिए मैंने यूट्यूब पे बारह क्लासे लिए पर आप मुझे इस चैनल के लिए प्यार नहीं दे रहे हैं बेटा घंटे करिए मैंने बारे -बारे बढ़ाया। में देख -बारे की मैंने मुझे बहुत दर्द होता है सीने। आज मेरे पास जाऊ नहीं है पर मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ सपोर्ट करे वहां <laughs> <laughs> अरे कुछ नहीं है मेरे पास पर फिर भी लड़ रहा हूं ना तुम्हारे लिए छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे मेरे पास कुछ नहीं है पर फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। आज मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा एजटैग बता देता हूँ तुम्हें इस चैनल को सपोर्ट करना ये मेरी रोजी रोटी है बेटा मेरे पास और कोई रोजगार नहीं है <laughs> दर्द था मेरे सीने में दो साल से दर्द को दबा के बैठा था बेटा दो साल से बच्चा पूछता था जी, का हुआ का हुआ आपने क्या चोट है <laughs> अंदर से दर्द है <laughs> दर्द है मेरे सीने में मैं दर्द को बयां करना चाहता हूँ <laughs> अरे मैंने क्या गुनाह किया अगर मैं फ्री क्लास ही देता हूँ सब मना करते हैं मेरे से फ्री क्लास मत दे मास्टर फ्री क्लास मत दे मेरे को डराया जाता है दब जाता है मुझे कि सर फ्री क्लास मत दो मैं दूंगा मैं दूंगा फ्री क्लास कोई नहीं रोक सकता मुझे फ्री क्लास देने से मैं दूंगा फ्री क्लास मैं फ्री क्लास दूंगा मैं फ्री क्लास दूंगा मैं उस गरीब बच्चे के लिए मेहनत करूंगा इस चैनल के माध्यम से मैं आवाज करता हूं हर उस टीचर का हाथ जोड़ के विनम्र यह करता हूं प्लीज सर इनको सपोर्ट करिए प्लीज आर आर के बच्चों को सपोर्ट करिए प्लीज सपोर्ट करिए आरआरबी एनटीपीसी के बच्चों के लिए मैं आहवान करता हूँ हिंदुस्तान के आरुष बच्चे का बेटा जिसके साथ गड़बड़ी हुआ है कमेंट ऑप्शन में बताइए जो मेरा दर्द था दो साल के मेरे सीने में वो आज मैंने शेयर कर दिया है आप अपने दर्द को कमेंट ऑप्शन में शेयर कर सकते हैं आर अरबी के खिलाफ गड़बड़ी का जंग मैंने छेड़ दिया जय महाकाल एक बार कमेंट ऑप्शन में लिखो जय महा हर महादेव जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल एक बार कमेंट ऑप्शन में लिख दीजिए मेरे प्यार बच्चों आज जो दर्द मेरे सीने में था सारा दर्द मैंने आपको बताया भाई डे स्टूडेंट्स